मित्रों, की तैयारी कर रहे है। हैं। है। रहे हैं। हैं। हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर हम देख देखते पहला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य की भूमिका तो मित्रों सही उत्तर है इस्तवार दाला लत रेद्यूर एहुई दूसरा क्वेश्चन इस्तवार दाला लित रेद्यूर एहदुई किस भाषा में लिखा गया है ऑप्शन है अंग्रेजी लैटिन फ्रेंच या ग्रीक इसका सही उत्तर है फ्रेंच भाषा में तीसरा क्वेश्चन इस्तवार दलालित रेत्य हिंदुस्तानी का प्रथम व भाग का प्रकाशन वर्ष क्रमशाह है अठारह सौ बी 1849, 1850 सी अठारह 1857 डी अठारह सौ इसका सही अंतर है ए अठारह 1847. उनतालीस ये जो ग्रंथ है इस्तवार दलालित और रेत हिंदुस्तानी ये फ्रांसीसी लेखक गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया है इसके दो भाग हैं प्रथम भाग का प्रकाशन अठारह में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार शिव सरोज इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ए शिव सेंगर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो मित्रों इसका सही उत्तर है आप सभी लोग जानते हैं शिव सरोज शिव सेंगर द्वारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए शिव सेंगर इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर पाँच शिव सरोज का प्रकाशन वर्ष ए अठारह बी अठारह C नब्बे सी अठारह सौ सही उत्तर है अठारह A धन्यवाद